तो हेलो भाई लोग कैसे हैं आप सब लोग स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आज हम यहाँ पे खेलने वाले हैं द गन किंग मोड मतलब जो गेम में जो गन किंग नाम का ऐसा एस, कोई मोड़ है हम आज वो खेलने वाले ओ होगा मेरे ख्याल से इस मोड़ में इतनी सारी गन आएगी मतलब इतनी सारी गन से हमें खेलना होगा गन हो गया ग्रेनेट हो गया ओके तो अभी मेरे ख्याल से चार वर्सिज़ चार होगा मतलब जो फोर वर्सिज फोर हम खेलते क्लेश कोड ऐसा ही कुछ होगा हम हमारे सामने चार ही एनिमी आएंगे ओके okay, तो यहाँ पे हो चुका है गेम शुरू और मेरे पास यहाँ पे ये छुरी है इसको क्या बोलेंगे छुरी बोलेंगे ना हाँ मेरे को छुरी से पहले तो कोई भी चार बंदे को या फिर तीन बंदे को मारना होगा एक बंदा यहाँ पे मैंने मार दिया बहुत ही अच्छी तरीके से वाह भाई वाह अभी अभी यहाँ पे दूसरा बंदा किधर किधरे जल्दी से जल्दी मैं मारता हूँ रुको रुको और, और और इसको भी अरे अरे, अरे एक चक्को ओके गाइज तो इसको भी मैंने मार दिया है गाइज यहाँ पे अरे अरे अरे मेरे हेल्थ अरे मेरे पास MP40 आ गई वाह भाई वाह अरे यार मैं मैं मर गया कोई बात नहीं चलो तो यहाँ पे दूसरी बार जिंदा हो चुका और मेरे पास MP40 अभी मेरे को MP40 से दो किल करना होगा एक बंदा तो यहाँ पे है अरे इसको गोली क्यों लगी अरे इतनी सारी गोली मरिए नोक भी नहीं हुआ अरेगा कोई बात नहीं चलो यहाँ पे अभी मैं ऊपर जाता हूं और गैज मैंने जो मेरी एम पी है ना वो मैंने लेवल थ्री की कर दिया है आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी चलती है गैस इस बार तो मतलब एम पी क्या ही चल रही है लेवल थ्री के करने के बाद उसमें जो रेट ऑफ़ फायर होता है ना वो मेरा प्लस हुआ है और क्या होता है डैमेज होता है हाँ एक डैमेज है वो भी एक प्लस हुआ है और ये देखो मतलब अभी तो मेरे पास मैक्स सेवन गन है उससे मैं क्या क्या ही बंदों को मार रहा हूँ वाह भाई वाह अभी ये एक गोली का है और और एक गली ओके गैज यहाँ पर मैंने इसको मार दिया है मैंने यहाँ पर सात किल वाओ ओके ओके किधर है किधर है किधर है मेरे ख्याल से सामने वाली टीम में तीन ही बंदे है क्या बंदे लोग दिख नहीं रहे एक तो ये लड़की है इसको मैं मार देता हूँ जल्दी से जल्दी मेरे पास यहाँ पे थॉमसन है वाह भाई वाह थॉमसन के क्या ही एड मारे हैं मैंने ओ भाई साहब अरे, अरे अरे अरे अरे अभी किधरे किधर है मेरे यहाँ पे नौ किल हो चुके हैं और बंदा एनिमी किधर एनिमी किधर है ओके ओकेगा तो यहाँ पे बंदा है इसको मैंने ओ भाई बॉडी शॉर्ट से मारा लेकिन मारा जरूर है ओके okay, तो यहाँ पे बंदी ओ एक सौ का प्यारे एडसोट मतलब एक ही गोली में खत्म वाह गाइज मतलब क्या ही खेल रहा हूँ मैं यार यहाँ पे दूसरी बार बंदी आ चुके इसको भी मैंने मार दिया है मेरे ख्याल से सामने वाली टीम में तीन ही बंदे हैं यार ऐसा थोड़ी होता है ओके ओके ऊपर से अब भी मेरे पास कारल है अरे यार मेरे को भी नहीं पता मेरे को मेरे को ऐसा था कि मेरे पास फंक्शन होगी कोई तो बात नहीं चलो मैं कारल से ही यहाँ बंदों को मारूँगा और और किधरे किधर है बंदे लोग किधर है यहाँ पे बाढ़ किले है मेरे बहुत ही अच्छी बात है ओके okay, ओके okay, इसको मैं हेड मारूंगा रुक, रुको रुको बारह ने दो और है भाई साहब अरे किल चला गया यार किल बहुत चोरी होते अभी किधर है ये रही ये रही यहाँ पे यहाँ पे बंदे बंदे बंदी एक गोली भी नहीं लेगी यार बाहर आ इस साइड से बाहर आएगी वो इसको मैं हेड मारूँ ओ भाई साहब ये एक ही गोली का था वाह <laughs> कोई बात नहीं चलो यहाँ पर मेरे तेरह खेल हो चुके हैं और ये यहाँ पे तो बन्दे मेरे को कुमर के नीचे जाना होगा भाल बैल बचा गया इस बरना मर जाता ओके okay, फिलहाल तो गए हम यहाँ पे है बहुत ही आगे सामने वाली टीम से हम बहुत ही आगे हमारे छः राउंड यहाँ पे जीत चुके हैं हम और सामने वाली टीम के यहाँ पे चार पॉइंट है मतलब राउंड नहीं बोलेगे इसको तो पॉइंट बोलेगे सामने वाली टीम के चार पॉइंट है और हमारे यहाँ पे छह ही अच्छा ही मतलब बहुत ही अच्छे हम खेल रहे और, और किधरे है बंदा किधर है अरे नीचे से पड़ी मेरे को उकुंग उकुंग उकुंग उकुं। इसको मैं देखो क्या ही हेड मारता हूँ रुको बारह बारह बारह अरे वाह भा क्या ही मारा है एक का ओ भाई साहब आज मतलब ये गन किन जो ये मोड़ है गन किंग नाम का गन की है किंग ही है ना हाँ ये मतलब बहुत ही अच्छा मोड़ है यार आपको भी खेलना होगा मतलब आप खेल सकते हो भाई साहब मेरे को तो बहुत पसंद है गाइज और गाइज आपको ये गन किन मोड पसंद है कि नहीं आप हमें कमेंट में भी बता सकते हो ओके गाइज और मेरे ख्याल से अभी किधर है और यहाँ पे मेरे पास यूमी गन है बहुत ही अच्छी गन है ये भी ये नीचे ये ओ भाई साहब क्या हेड मारे हैं यार अरे मैं क्या ही खेल रहा हूँ आज यार ओके okay, ओके okay, इसको भी मैंने यहाँ पे पटक दिया है और मेरे यहाँ पे से अट्ठारह की है वाह गाइज अट्ठारह के उन्नीस है अठारह कील हाँ गाइज मैं क्या ही खेल रहा हूँ अरे अरे नीचे चला गया मैं ओके कोई इस दोनों अरे यार मैं मर गया कोई बात नहीं चलो यहाँ पे मेरे पास दोबारा से यू एम आई इसको भी मारा और ये वाली बंदी को भी बढ़िया सा बॉडी शॉर्ट नहीं बरंतु है शॉट क्या ही खेल रहा हूँ अरे यार मैं मर गया उसके बाद शॉर्ट रेंज थी ना इसलिए मेरे पास यहाँ पर यू है और ये पीछे से बंदा आया रुको रुको किधर है अरे अरे, अरे अरे अरे यार मैं गन स्विच करके गया ओ भाई साहब यहाँ पे वेक्टर है हमारे पास वाह वाह अरे एक ही गोली थी अरे यार चलो चलो चलो एक ही गोली में मार दिया वाह भाई वाह क्या ही खेल रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास मेरा यहाँ पे बावीस किल हो चुका है ट्वेंटी टू किल ओके ओके अभी भी मेरे पास यहाँ पे वैक्टर गन है अरे ये बंदे लोग क्या कर रहे हैं टीम अपन की ट्राई कर रहे हैं क्या वैसे तो क्या सामने वाली टीम मतलब उतनी थी उतने भी प्रो नहीं है उतनी मतलब खास नहीं है सामने वाली टीम वो मतलब ठीक ठाक ही है उतनी प्रो प्रीम तो नहीं है और मेरे पास यहाँ पे वेक्टर है वेक्टर से क्या मैं इस मार पाऊँगा और दूसरे बंदे ने मेरा किल ले लिया यहाँ पे कोई बात नहीं चलो अरे यार वैक्टर में हेड भी नहीं लड़ते रुको रुको मेरे को उसके पास जाना पड़ गया उस वाले बंदे को अभी मेरे पास यहाँ पर एम मेरी फेवरेट गन ये भी है गाइज मतलब मेरे को एम से खेलना भी पसंद है ओके okay, यहाँ पे दोबारा से ये बंदा जिंदा हो चुका है लेकिन इसको भी मैंने प्यारा सा हेडसेट मार दिया यहाँ पे दूसरी बार ओ भाई साहब अभी M249 गन कब चेंज होगी रुको रुको ये नीचे वाले बंदे को मेरे को मारना पड़ेगा अरे मैं नीचे कूद गया इसको मैं मारता हूँ अरे अरे अरे ओ रुको, रुको रुको रुको अरे यरे ये मर गया कोई बात नहीं चलो तो रुको रुको तो गैस यहाँ तक हमारा वीडियो आप देख रहे हो और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आपको क्या करना मैं बता देता हूँ सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ फिर लाइक करने के बाद जो बाजू में जो सब्सक्राइब वाला बटन है आपको वो दबाना है फिर सब्सक्राइब वाला बटन दबाने के बाद उसके बाजू में जो बेल वाला आइकन आता है ना गैस आपको वो दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है जिससे क्या होगा मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा उससे सबसे पहले नोटिफिकेशन नौ आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आएगी और आप हमारा वीडियो है ना सबसे पहले देख सकते हो गैज ये कितनी मस्त बात है मतलब कितनी ओपी बात है गाइज तो जल्दी से जल्दी लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा गया गाईज। ओके गैज तो गैज तो मेरे को यहाँ पर इतना ही बोलना था जो मैं बोल सकता हूँ और मतलब मैं बोल चुका हूँ ऐसा मैं बोलना चाह रहा था और यहाँ पर मेरे पास एम गन है यार ये मतलब बहुत ही मतलब भंगार गन है मतलब क्या ही बोलूँगी यार अभी मेरे पास ऐस एस के और ये ये देखो गैस अभी मैं ऐस कैस एस ऐसा वन टैप मारूंगा ना आप देखते रह जाओगे रुको बाहरा बहरा अभी ये देखो इसको मैं क्या ही है वन टैप मारता हूँ रुको गैस बहरा बंदा बाहर नहीं आ रहा आया ओ भाई साहब क्या ही मतलब वन टैप मारा है मैंने यहाँ पे अभी मैं दूसरा भी वन टैप मारूंगा आप देखते रह जाओगे खाली देखो आप खाली देखो बंदे लोग बाहर आओ इसको मैं क्या टू टैप मारूँगा लेकिन ओ भाई साहब तीन का हैड वन टैप गाइज क्या ही मैंने यहाँ पे वन टैप मारा है और मेरे यहाँ पे इक्कीस किले मतलब इक्कीस ने 31 वन किले ओ भाई साहब इकतीस किले ऐसा मैं बोलना चाह रहा था ये अभी मेरे पास क्या है ये क्रॉसबो ग आ चुका है मतलब क्रॉसबो आ चुका है और मैंने यहाँ पे एक कभी ही दिया है और मैंने यहाँ पे 32 किले किला है गाइज़ मेरे ख्याल से उसके पीछे एक बंदा होगा रुको रुको रुको किधर है अरे सामने वाली टीम बाहर चली गई क्या ये थोड़ी होता है यार ऐसा थोड़ी खेलना होता है सामने वाली टीम बाहर चली गई गाइज अभी ये क्या होगा यार अभी हम ही जीते जीतने वाले हैं वैसे तो सामने वाली टीम मतलब गेम से ही बार हो चुकी है कोई बात नहीं चलो मैं यहाँ पे ग्रेनेड डाल देता हूँ दो तीन अरे अरे मेरे को डैमेज है ओके ओके अभी ग्रेनेड की बारी है यहाँ पे अभी ये एक ही बंदा बचा हुआ है और और और ये जो अभी हम दो ही दो ही मिनट खेलने वाले है कैसे आप देख सकते हो तो ऊपर टाइमिंग दिख रहा है ओके अभी ये मेरे पास क्या आ गया ये मिली भी इसको क्या बोलेगी इसको मेरे को नहीं पता इसका नाम अरे अरे ये क्या अरे हम के वाह गैस भूया हो गया तो गैस आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी जरूर करें हमारे चैनल को तब तक के लिए बाय बाय लेकिन उससे पहले रुको गाइज मैंने किल कितने किए हैं यहाँ पे अरे वाई साहब 34 किल हमारी टीम क्या ही खेली है